है दोस्तों एवरीवन आपका डब्ल्यू ऑली चैनल में स्वागत है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो डब्ल्यू ऑली चैनल में आप लोग का स्वागत है तो चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक क्लिक में ई श्रम कार्ड कैसे बनाएँ एक क्लिक में ई श्रम कार्ड कैसे बनाएँ हाँ जी दोस्तों आप लोग सही चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आ जाना है डैस पे पर यहाँ पर मैं आ गया है यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है यहाँ पे देखिए आपको अगर आपको नहीं दिख रहा है एक्शन डिलीट कर देंगे विंडोज में चले जाएँगे यहाँ पे हिस्ट्री पे हिस्ट्री पर क्लिक कर करके आप आ जाएंगे एक्शन पे आएंगे यहाँ पर थ्री क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएँगे लोड लोड एक्शन पर क्लिक करेंगे देखिए मैंने यहाँ से पहले ऑलरेडी इतना एक्शन लोड कर लिया है तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा लिंक तो एक आधार पे मैं क्लिक किया उसके बाद लोड कर दिया मैं आता हूं अपने डॉक्यूमेंट पे तो यहां पे थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया है तो यहां पे आने के बाद दोस्तों यहां पे आने के बाद अपना डॉक्यूमेंट जो है, तो है डॉक्यूमेंट जो है उसको यहां पे चूज़ कर लेना है तो मैं यहां पे चलता हूं अपना डॉक्यूमेंट चूज़ करता हूँ तो मैं रखा हूँ डैस बोर्ड पर डेस्टॉप मोड पर रखा हूँ तो डेस्क टॉप मोड पर रुकता हूँ और मैं डिलीट कर दिया था काफ़ी सब बनाया था तो यहाँ पर तो चलते, चलते हैं देखते हैं अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पे है तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे उनका कार्ड है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अपना ले लेता हूँ लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कंट्रोल एफ फाइव दबा देंगे तो यहाँ पे आपका ऐसा ही कुछ आपका इंटरफेस दिखेगा तो यहाँ पे देखिए कुछ देखें यहाँ पर मेरा बन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर इस्टॉप कर देंगे यहाँ पर देखिए ए फोर साइज में मेरा बन गया है तो बनने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे जूम करते हैं और जम ऑन करते हैं आप घोड़वाइए यहाँ ज़ूम करते हैं हम तो यहाँ पे आप चल, आ, कंट्रोल पी कर देंगे प्रिंट करने के लिए देखिए आपका साइज आ गया है यहाँ पे ओके कर देंगे अपना देख लेंगे कि मेरा कौन सा पेपर है मतलब कि ब्लैक एंड वाइट है कि कलर में है तो यह मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको प्रिंट करके दे दिया है तो मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ तो ऐसे वीडियो देख ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो